जैसे आप लोग आज मैं आपके सामने फिर से आजिर हूँ नए इफॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एच की एच ने फिर से एक धमाका धमाका कर दिया है दोस्तों और एक रिज़ल्ट है जो कि अभी अभी रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया गए हैं तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक तो करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दोबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहते हैं तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए तो एक बड़ी अपडेट है जो कि दोस्तों आप सभी तक शेयर करनी वो ज़रूरी है क्या है पूरी अपडेट देख लेते हैं एक बार एचएसएससी की तरफ से एडवर्टीजमेंट नंबर 12 स्लैश आईटीआई वेरियस पोस्ट आई की जितनी भी वैकेंसी थी उसका जो वेरियस पोस्ट का रिजल्ट है वो फाइनली रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिए गए हैं तो इससे जुड़ी हुई पूरी अपडेट है वीडियो को पूरा तक पूरा देखें हम मिस ना करें तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है तो एच का एडवर्टीजमेंट नंबर बारह बीस स्लैश है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं एच ने बड़ा धमाका दोस्तों अभी ये भी किया है आप सभी के लिए तो एच एस नंबर बारह बीस स्लैश है ही इंस्ट्रक्टर का जिस जिस जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था तो उन सभी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है और आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है और एट द रेट एच एस इन तो इस वेबसाइट पर जाके भी आप अपना जो फाइनल रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है वो आप जाके देख सकते हैं तो हरियाणा की तरफ से नोटिस है देख लेते हैं एक बार जो पोस्ट का नेम है जैसे कि मैंने आपको बताया ITI, <coughs> आई टी इंस्ट्रक्टर का दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है तो वैकेंसीज़ यहाँ पर देख लेते हैं तीन वैकेंसीज़ आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं इस पोस्ट के लिए तो अगर आपका अगर सिलेक्शन अगर हो अगर हुआ है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ आप पे स्केल यहाँ पर देख लेते हैं तिरानवे सौ से चौंतीस प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर लगने वाली है अगर आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में अगर हुआ है तो जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ आप कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है तो डॉक्यूमेंट सिक्योटनी आपका होगा एक से तीस सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट सिक्योटनी यहां पर होने वाला है फोर्थ फ़ेज़ आपका एग्ज़ाम डेट आपका ग्यारह दिसंबर इक्कीस में हुआ था लास्ट जो कि डेट है तो सभी कैंडिडेट को यहां पर अपने एग्ज़ाम डेट पता होगा, गया जिस भी कैंडिडेट ने यहां पर आई टी का जो एग्ज़ाम है वो दिया था और सेकेंड फेज़ आपका हुआ था उन्नीस से तेईस फरवरी दो में फर्स्ट फेज़ हुआ था तीन अट्ठारह दिसंबर बीस का ठीक है 19 मतलब कि तीन या चार साल से ये भर्ती बहुत ही लंबे टाइम से पेंडिंग थी इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है कैटेगरी नंबर 12 स्लैश बीस है जैसे कि मैंने आपको बताया जो जनरल के लिए यहाँ पर जो फीस रखी गई थी वो डेढ़ सौ फ़ीस थी फीमेल के लिए साढ़े सात सौ फ़ीस यहाँ पर पिछहत्तर फ़ीस यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ने यहाँ पर पे करी थी ठीक है दोस्तों तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहां पर 3,206 वैकेंसीज़ यहां पर रहने वाली है, तो हैं आईटी इंस्ट्रक्टर की तो पोस्टें देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी यहां पर हैं जिस पोस्ट के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है और जितने भी कैंडिडेट का यहां पर सिलेक्शन हुआ है तो उनको यहां पर कौन कौन सी पोस्टें यहां पर देखने को मिलेंगी उनको ज्वाइनिंग किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर मिल सकती है तो सबसे पहले सर्वेयर इंस्ट्रक्टर थियोरी की दो वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं और फोरगर एंड हीट थ्रेटर ब्लैक समिथ की एक वैकेंसीज हैं लाइब्रेरियन की 45 वैकेंसीज़ हैं टर्नर इंस्ट्रक्टर के थ्योरी के लिए आपको तिरानवे वैकेंसीज़ यहां पर देखने को मिलेंगी तो जितने भी कैंडिडेट ने यहां पर एग्ज़ाम दिया था तो वो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर रिजल्ट देखें ठीक है दोस्तों तो फिटर इंस्ट्रक्टर की वैकन्सीज़ यहाँ पर थी एक सौ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर की एक वैकेंसीज़ हैं सर्वेयर इंस्ट्रक्टर की प्रैक्टिकल की एक वैकेंसी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एक वैकेंसीज़ है वर्कशॉप कलेक्शन साइंस एंड इंस्ट्रक्टर के लिए दो सौ वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं तो इन पोस्टों के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था और ये बहुत सारी पोस्टें हैं दोस्तों वेरियस टाइप की पोस्ट हैं आपने अपनी एलिजिबलिटी और पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था तो इन पोस्टों में से आपको कोई भी पोस्ट यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं तो मैके मकैनिस्ट uh, ग्रैंडर इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल के दो वैकेंसीज यहाँ पर हैं हॉस्पिटल कोर्स सीनियर इंस्ट्रक्टर के यहाँ पर तीन वैकेंसीज़ हैं ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए वुमेन के लिए दस वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं ठीक है दोस्तों बहुत तो सारे वैकेंसीज हैं यहाँ पर वेरियस टाइप की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं आप सभी के लिए तो जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था वो सभी अपना रिजल्ट एक बार फाइनली देख लें तो एज की बात कर लेते हैं यहाँ पर एज यहाँ पर सतारह से 42 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था तो उनका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आज डिक्लेयर कर दिया गया है तो मैं अभी आपको रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है पीडीएफ में देख लेते हैं हम एक बार फाइनल रिजल्ट है दोस्तों ये तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये नोटिस है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बेज नंबर सिक्सटी सेवन सेक्टर टू पंचकूला तो फाइनल रिज़ल्ट ऑफ दी पेंटर जनरल इंस्ट्रक्टर स्किल डेवलपमेंट इंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पंचकुला हरियाणा एडवर्टाइजमेंट नंबर बारह स्लैश बीस उन्नीस कैटेगरी नंबर सेवेंटी थ्री तो रिटेन एग्जामिनेशन हुआ था आपका विद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जितने भी मार्क्स थे आपके वो एड होने के बाद फाइनल रिज़ल्ट आपका यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है रिटर्न एग्जामिनेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है एडवर्टीजमेंट नंबर 12 स्लैश बीस यहाँ पर रहने वाला है एडवर्टीजमेंट नंबर है ये कैटेगरी नंबर तिहत्तर का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और ये री एडवर्टाइजमेंट री एडवर्टाइज हुआ है दोस्तों रिजल्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पर थर्टी एट पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं जनरल के लिए यहाँ पर चौदह पोस्टें हैं बारह उन्नीस तो इस तरीके से यहाँ पर सीरीज रहने वाली हैं यहाँ कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए हैं ठीक है दोस्तों और लास्ट में देख लेते हैं रिजल्ट है ये डिक्लेयर किया गया है सिलेक्शन ऑफ द ऑल अब कैंडिडेट इन सब्जेक्ट वेरिफिकेशन सोशल इकोनॉमिक मार्क्स एंड अदर क्वालिफिकेशन बा डिपार्टमेंट इफ़ एनी कैंडिडेट फाउंड टेकन फेक तो सिंपल सिंपल से हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर है कि अगर इलीगल तरीके से गलत तरीके से आपने कोई भी मार्क्स लिए हैं तो आप पर यहाँ पर मुकदमा चलेगा और आपको ब्लैक लिस्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है अगर आपने गलत तरीके से कोई भी मार्क्स लिए हैं तो ठीक है दोस्तों तो आप आगे भी फ्यूचर मैचेस एच एस का कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे आपको यहाँ पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा तो इस तरीके से गोलर काम कोई आप नहीं कर रहा है तो ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पर दी गई है तो फाइनल रिजल्ट है ये दोस्तों जो डिक्लेअर किया गया है रिटर्न एग्जामिनेशन आपका जो ये नब्बे मार्क्स का यहाँ पर हुआ था ठीक है दोस्तों यहाँ दोस्तों यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के यहाँ पर दस मार्क्स हैं जो कि एड किए गए हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर 100 मार्क्स का जो ये एग्ज़ाम था वो हुआ है उसमें से जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है तो नीचे देख लेते हैं एक बार एक चीज़ यहाँ पर मेंशन रह गई नोट में जनरल के लिए यहाँ पर पाँच एस के लिए चार बीसीए के लिए तीन बी के लिए चार ई के लिए तीन जनरल के लिए एक ई एस के लिए एक ई एस के लिए एक तो इस तरीके से यहाँ पर पोस्टें हैं कैटेगरी रिमेंड वे ड्यू नॉन अवेलेबिलिटी स्टेबल कैंडिडेट्स तो अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर छोटा तो उसको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा तो जितने भी कैंडिडेट हैं अपना टाइमली अपना जाएं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें और अपना रिज़ल्ट चेक करें तो जितने कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वो हमें कमेंट ज़रूर बताएँ आप तो ये बड़ी अपडेट थी जो कि अभी आई थी आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को